हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉग आपकी स्क्रीन पे आप एक कोड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कंट्रोल योर मनी बट डोंट लेट मनी कंट्रोल यू अब ये आ, ये हमारे प्रशांत सर जो कि फाउंडर हैं इन्वेस्टमेंट अनब्लॉग के उनका दिया हुआ कोड है जिसमें कि वो बताना चाह रहे हैं कि आप मनी को कंट्रोल कीजिए ना कि मनी आपको कंट्रोल करें अब इसका मतलब क्या है कभी कभी ऐसा होता है हम कई बार फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना बड़ा पोजीशन ले लेते हैं कि नेक्स्ट रात को हमें नींद ही नहीं आता है तो ये क्या हुआ मनी आपको कंट्रोल कर रहा है आपका डर हमेशा उसमें लगा रहता है कि अरे कल मार्केट क्या होगा तो आपको ये नहीं करना है आपको हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है जिसका मतलब होता है मनी को आप कंट्रोल कीजिए आप देखिए कि आपको एक पोजिशन में अपना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो छोटे सा कोड का बस यही मतलब था कि आप अपनी पोजिशन साइजिंग पर ध्यान दीजिए आप मनी को कंट्रोल कीजिए ना कि मनी आपके नींद को आपके चैन को आपके भूख प्यास को मिटा दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये शेयर मार्केट में अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आप अच्छा वेल्थ uh, क्रिएट well कर सकते हैं आप एक uh, बोलते हैं ना कि मतलब आप फ्यूचर अपना सोच सकते हैं कि हाँ आप कैरियर अपना बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपने पोजिशन साइज का और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना और फिर ही आप पोजीशन बनाएं किसी भी स्टॉक के अंदर तो आज अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में देखेंगे जिसके लिए हमने पहले अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पहले बता दिया था कि वो निकल सकते हैं तो ऐसा हमने क्यों बताया था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मतलब कि इन अनदर वर्ल्ड आप ये बोल सकते कि आज हम आर का यूज़ और साथ में एक कैंडल का जो पैटर्न होता है बी आर गल्पें उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम अदानी पावर के चार्ट पे चलते हैं हमारा जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ये वाले का 345 के आसपास हमने एक बाइक कॉल दिया था अपने क्लाइंट्स को कि 345 के बाद वो लोग बाइक कर सकते हैं तो जब हमने ये कॉल दिया था उस समय भी जो आरएसआई था वो 70 के आसपास स्ट्रेट हो रहा था तो हमने उस समय भी कहा था कि अगर ये एटी एटी के आसपास आता है तो वहाँ से निकल जाना बेटर रहेगा क्यों क्योंकि अभी देखिए हम डेली चार्ट देख रहे हैं डेली चार्ट में भी आपका आर 84 पे है अगर हम वीकली चार्ट लगाएं तो वीकली चार्ट में भी आर हमारा 81, 83 पे है और अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में भी आर एस आई ट्रेड हो रहा है मतलब कि ये अभी ओवो जोन में आ चुका है तो अभी आ, बहुत पिछले कुछ महीने में ही अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा हमारे हमें शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है अगर हम बस ये मार्च से बात करें फरवरी लास्ट से बात करें तो फरवरी में एक सौ का शेयर था वो 140 से अभी चार सौ दस पे ट्रेड हो रहा है तो तीन गुना के तीन गुना चार गुना ये शेयर हो चुका है पिछले सिर्फ तीन छः पाँच से महीने में तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है बहुत लोग उसको बाइक कर चुके हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है जिस कारण से हमने कल ये कॉल दिया था कि वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से निकल जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका RSI एस आई डेली वीकली और मंथली तीनों में अगर वो 80 के आसपास आ जाता है ए को क्रॉस कर देता है तो आप वहाँ से निकल जाइए आप अपना अगर आप पूरा पोजिशन खाली नहीं भी करते हैं तो स्टिल आपको अपना कुछ 50 से 70 परसेंट तक का पोजीशन वहाँ से खाली कर लेना चाहिए सिर्फ साइड में रहने के लिए तो ये तो हुआ यूज़ ऑफ़ आरएसआई बहुत ही मैन वाले लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि सिंपली जब डेली वीकली और मंथली इन तीनों में आपका आरएसआई 80 को क्रॉस कर जाए आपको वहाँ से निकल जाना है अगर आप फुल नहीं भी निकलते हैं, तो आपको अपना कुछ पोजिशन अपना कुछ प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है ये तो हुआ आर का बार अगर हम बात करें पिछले एक दो दिन पहले मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल का कॉल दिया था अगर हम दिव्यानी इंटरनेशनल का चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने जो ब्रेकआउट आया था उसमें हमने बोला था कि आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं 198 से 200 के बीच में लेकिन फिर 210 के करीब हम वहाँ से निकल गए थे तो यहाँ से हम लोग क्यों निकले थे इसने अपना हाई बनाया था दो का लेकिन दो के करीब हम निकले थे क्यों क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये देखिए ये बियर बुल बियरिश इनगल्फिंग है ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरा खा गया है मतलब पूरा इनगल्फ कर गया है और ये बहुत हाई पे जाके बना था अगर इसका यहाँ पे हम आरएसआई देखें तो ये भी 80 के आसपास का आर था तो इसलिए हम न, इस दिन ही हम से निकल गए थे दो सौ के करीब जो कि जिस दिन ये हमें इनगल्फिंग का ये सिग्नल मिला था और वहीं से ये हम लोग पर आ, कल निकले थे और आज देखिए आज फिर से शेयर प्राइस वहाँ से टूट के दो हजार दो सौ दस से टूट के वो फिर से अभी वन नाइन्टी एट पर आ गया मतलब आज के दिन ही हमें देखा जाए तो तीन से चार परसेंट का फिर से फॉल देखने को मिला है तो ये दो पैटर्न थे एक कि टॉप में जब डरेस्ट इंगलफिंग होता है और दूसरा कि आर जब हाई आर जब एटी से ऊपर जाता है तो इस दोनों चीज़ में आपको सतर्क रहना, रहना है ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अपने कोर्स में भी बताते हैं तो अगर आपको हमसे स्टॉक मार्केट का का कोर्स परचेज करना है तो आप ऊपर मैंशन नंबर पे कॉल कर सकते हैं हम डिस्कस कर सक कर सकते हैं उसमें कि लाइक uh, क्लासेस like का टाइमिंग क्या रहेगा एंड ऑल हमारा दो से तीन लैंग्वेज में क्लासेज चलता है हिंदी में इंग्लिश में और साथ में उड़िया में तो तीनों में से जो भी आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज है आप वो चूज़ कर सकते हैं और साथ में uh, हमारा ऑनलाइन बैचेस भी है ऑफलाइन बैचेस भी है मॉर्निंग में भी क्लासेस होती है इवनिंग में भी क्लासेस होती है और साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीकेंड्स क्लास का भी अरेंजमेंट है हमारे पास तो अगर आप हमसे कुछ भी ऐसे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं पूरे स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और एक जो सबसे यूनिक uh, चीज़ है कि हमारा जितना भी क्लासेज होता है वो ऑनलाइन होता है कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो आपको RSI का यूज़ पता चला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर